ख्रेखा! ख्रेखा। अरे नहीं भाई अरे भैया नहीं, नहीं गा? गा? है यार ऐसी बात नहीं है यार अरे यार देखो मैं बता मैं ठीक सही सही बता रहा हूँ तुम्हें लाई करता हूँ हेलो दोस्तों मेरा नाम है अनंत चौहान उधर एक लड़की बैठी है ठीक है उधर एक लड़की बैठी है जा रहा हूँ उसके पास देखता हूं क्या हो रहा है क्या नहीं वो वीडियो में पता चलेगा क्या हो रहा है ठीक है, है।, तो, थैस्ञें है? थैस्ञें तो, का हेलो थोड़ा सा उधर सर रखेंगे आगे चले जाओ थोड़ा सर हाँ। तो आज आपने क्या क्या किया अच्छा और बहुत था आपका, आपका नाम हेलो जी आपका नाम क्यों ना? आपको मेरे नाम से क्या करना नहीं, है नहीं मैं देख रहा था ना वहाँ से काफी दूर से कि तो आप अच्छे लग रहे थे तो मैं सोचा कि जाऊँ थोड़ा मैडम से बात करूँ भैया एक बात बताइए तो भैया तो भैया तो बोलो मत गाली नहीं दो नहीं, मत आप, मैं भैया बोल रही हूँ भैया दो ठीक है नो भैया बट वहाँ से मुझे तीन चार लोग और देख रहे हैं इसका मतलब ये तो नहीं है ना कोई भी आके मुझे बोलेगा आप मुझे अच्छे लग रहे हैं और मैं उनसे बात करूंगी वो आएंगे ही नहीं क्यों तम्जे? मतलब तो आप क्यों आ गए देखो या? मैं बहुत मुश्किल से ये फूल के हूं के से लिए। लिए। लिए। लिए तोड़ के लाया भैया से भी कितने भी मुश्किल लेके जबरदस्ती है आपका इधर से आप अरे कुछ ना तो आप भगे जा रहे हो तो आपसे क्या बात करूँ जानती नहीं कर लो कोई दिक्कत थोड़ी है सबसे तो नहीं कर रहा हूँ आप अच्छे लग रहे हो तो सोचा की चलो मतलब अच्छे लग रहे हैं तो क्या मतलब हाँ। अच्छे लग रहे हैं क्या क्या मतलब अच्छे लग रहे हैं आप हमसे बात करने लग जाओगे हाँ। की देखो यार तुम बहुत अच्छे हाँ। लग रहे हो इसलिए कह रहा हूँ अच्छे क्या? लग रहे हैं तभी तो कह रहा हूँ ना अच्छे लग रहे हैं मतलब क्या है ना आप देखो अच्छे लग रहे हो तो बताओ आप भैया मैं आपको नहीं चाहती मतलब क्या तो क्या, क्या, क्या, क्या, तो मतलब तो मतलब क्या क्या क्या मतलब लग तो तो तो क्या कोई ये पसंद पसंद करता ना करते हो तो नहीं ज्यादा नहीं होगा यार देखो भाई हम फ्रेंड है अरे भाई अरे भाई ये हुए अगर और खेरे यार जानते हैं आप अरे नहीं भाई बात सुनो अरे मैडम इधर आओ यार अरे तो हम दोनों जानते हैं फ्रेंड है यार तुम ऐसे क्यों रहे हो अरे भाई तुम चार क्यों रहे हो मेरे जानते यार वो ऐसे रही है कैसे कैसे देखो यार पता नहीं अरे नहीं भाई अरे भैया नहीं है यार ऐसी बात बोल, बोल, नहीं है यार अरे यार देखो गा। गा। मैं बता मैं ठीक सही सही बता रहा हूँ बनाना चाहता हूँ सीधी सीधी बात है कैसे निकल दे भाई अरे भाई तुम नला ऐसे कोई दिक्कत है छोड़ो यार कोई ना तुम क्यों हमारे मेटर में, हमारे मेटर में आ रहे हो आरोप मेटर नाम जानते नहीं जानते जानती हमारे फ्रेंड पीटू पीटू? तेरे को बोल बोल बोलू अरे यार मारो मत यार ऐसे ना अरे नहीं यार यार वो पूछा क्या क्या या? क्या भैया रहने तो कोई बात नहीं देखो सीधी सीधी बात है देखो मैं पुलिस बुलाए पुलिस बुलाया भले तुम बुला लो कुछ नहीं क्या क्या नहीं बुला लो लेकिन मैं, मैं ला ला तुम्हें लाइक करता हूँ देखो भाई अब क्या अरे देखो देखो नहीं काफी दिन ऐसी मई पीछा कर रहा हूँ भाई देखो मैं पसंद करता हूँ तो भाई छिड़का रहा हूँ तुम आ गए बीच में यार चेट्कारी चेट्कारी ऐसे चेट्कारी कोई दिक्कत नहीं देख रहे पे तुम अरे भाई कोई कोई ना कोई तो ना गुस्सा मत इधर इधर मजाक मजाक कर रहा था एक्चुअली मजाक कर रहा था भैया देखो उधर कैमरा मेरा चल रहा है एक बार हाई कर दो कोई ना हाई भैया बता देते मार देते चलो ठीक है यार